रात के अंधेरे में छत पर लेटे हुए तारों की गिनती करना तो कभी इनमें मन मुताबिक चेहरे तलाशना तो कभी अपने किसी पूर्वज को तारा बनते देखना हर किसी ने ऐसा बचपन में किया होगा हर प्रेमी जोड़े को यकीन है कि टूटता तारा उनकी मुराद पूरी कर देगा पर क्या कोई जानता है कि इन तारों की दुनिया आखिर होती कैसी है क्या ये वाकई हमारी मुरादे पूरी करते हैं या इनमें आत्माएं बचती है जो हमें ऊपर से देख रही होती है आज हम इसी विषय पर बात करेंगे की तारों की दुनिया आखिर होती कैसी है तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक रहस्य सफर पर आसमान को अपनी रोशनी से जगमगा देने वाले तारों का जीवन बहुत अनोखा होता है ये हमारी तरह ही जन्म लेते हैं जवान होते हैं बूढ़े होते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं कुछ भीड़ में खोए हुए होते हैं कुछ बिल्कुल अकेले दूर दूर तक कोई साथी ग्रह भी नहीं होता और न ही कोई साथी तारा आकाश में देखने पर ऐसा लगता है कि सभी तारे किसी विशाल को पर बिखरे हुए हैं और साथ ही हमें यह भी लगता है कि सभी तारे हमसे एक समान दूरी पर स्थित हैं आज हम जानते हैं ना तो सभी तारे एक समान दूरी पर स्थित हैं और न ही कोई गोल है वर्तमान में सभी वैज्ञानिक इस सिद्धांत से सहमत हैं कि धूल और गैसों के विशाल बादलों से तारों का निर्माण होता है आकाशगंगा में उपस्थित गैस और धूल के भरे हुए बादलों में वृद्धि होती है उस समय बादल अपने ही अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकड़ने लगता है इस संकुचन के समय को हयासी काल कहा जाता है जैसे जैसे बादल अपने अंदर से कुड़ने लगता है वैसे वैसे उसके केंद्रीय भाग का तापमान और दाब भी बढ़ जाता है आखिर में तापमान और दाब इतना अधिक हो जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं तब ताप नाभिक्रिया नाभिक प्रारंभ हो जाती है इस अभिक्रिया में प्रकाश व गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है इस प्रकार वह मेघ ताप और प्रकाश से चमकता हुआ एक तारा बन जाता है सामान्यतः तारे का जीवन चक्र दो तरह का होता है और लगभग सभी तारे इन दो जीवन चक्र में से किसी एक का पालन करते हैं कोई भी तारा जिसका द्रव्यमान तीन सौ द्रव्यमान के बराबर होता है तो वह नीले तारे से लाल तारे में परिवर्तित होते हैं अपनी जिंदगी बिताता है लगभग 90% तारे इस प्रकार के होते हैं यदि कोई तारा अपने जन्म के समय तीन सौ द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान का होता है तब वह तारा काफी कम समय के लिए जीवित रहता है यानी उसका जीवन बहुत कम होता है जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसकी उतनी छोटी जिंदगी होगी और उससे भी ज्यादा भयानक उसकी मृत्यु होगी जो एक न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल को जन्म देती है तारों के केंद्र में अत्यधिक दबाव यानी अधिक, अधिक तापमान होता है और इस दबाव से ही सनलैन प्रक्रिया प्रारंभ होती है और हीम से बना केंद्र सिकुड़ना प्रारंभ करता है और भारी सतह फैलती हुई ठंडी होना शुरू होती है यह सतह लाल रंग की चमकती है और यह तारा रेड जाइंट कहलाता है केंद्र में अब हीलियम सनलाइन प्रारंभ होता है क्योंकि केंद्र अपने ही अंदर सिकुड़ रहा है जिसके कारण दबाव बढ़ेगा और तापमान भी यह तापमान इतना अधिक हो जाता है कि हीलियम सनलाइन अभिक्रिया से भारी तत्व बनना प्रारंभ होते हैं इस स्थिति में तारा अगले 10 करोड़ वर्ष तक रह सकता है इतना समय बीत जाने के बाद रेड जाइन का ज्यादातर पदार्थ कार्बन में बदल जाता है यह कार्बन हीलियम सनलैन अभिक्रिया से बना है और अगला सलयन कार्बन से लोहे में बदलने का होगा लेकिन तारे के केंद्र में इतना दबाव नहीं बन पाता कि यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सके अब बाहर की ओर दिशा में दबाव नहीं है जिससे केंद्र सिकुड़ जाता है और केंद्र के बाहर की ओर तरंगें भेजना शुरू कर देता है इससे तारे की बाहरी सतह अंतरिक्ष में फैल जाती है इससे ग्रही या निहारिका का, का निर्माण होता है और बचा हुआ केंद्र सफ़ेद बोना तारा यानी व्हाइट ड्राफ्ट कहलाता है यह केंद्र शुद्ध कार्बन से बना होता है और इसमें इतनी ऊर्जा सहस होती है कि यह चमकीले सफेद रंग में चमकता है इसका द्रव्यमान भी कम होता है क्योंकि इसकी बाहरी सतह अंतरिक्ष में खो गई है सफेद बोना तारा इस स्थिति में लाखों अरब वर्ष तक भटकता रहता है और धीरे धीरे ठंडा होता रहता है अंत में वह पृथ्वी के आकार में पहुंच जाता है ऐसे में एक माचिस के बॉक्स के बराबर पदार्थ एक हाथी से अधिक द्रव्यमान रखेगा इसका अधिकतम द्रव्यमान सो द्रव्यमान से वन पॉइंट हो सकता है ठंडा होने के बाद यह एक ब्लैक ड्रॉफ्ट बनकर कोयले के ढेर के रूप में अनंत काल तक अंतरिक्ष में भटकते रहता है इस कोयले के ढेर में विशालकाय हीरे भी हो सकते हैं लगभग 10 अरब वर्ष में एक महाकाय तारे की कोर कार्बन की कोर में बदल जाती है और वह एक गीगा रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाता है इस स्थिति में मुख्य अनुक्रम के तारे और महाकाय तारे में अंतर यह होता है महाकाय तारे में कार्बन को लोहे में परिवर्तित करने के लायक दबाव होता है जो की मुख्य अनुक्रम के तारे में नहीं होता लेकिन यह सनलाइन ऊर्जा देने के बदले ऊर्जा लेता है जिससे ऊर्जा की हानि होती है अब बाहर की ओर दबाव और अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण का संतुलन खत्म हो जाता है अंत में गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और तारा के अंदर एक भयानक विस्फोट के साथ सिकुड़ जाता है और यह विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है कहला चार जुलाई एक में एक सुपरनोवा विस्फोट लगभग तेईस दिनों तक दोपहर में भी दिखाई देता रहा इसके बाद तारों का जीवन दो रास्तों में बढ़ जाता है यदि तारे का द्रव्यमान नौ सौ द्रव्यमान से कम है लेकिन 1.4 सौर फोर मान से ज्यादा है तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं वहीं इससे बड़े तारे ब्लैक होल में बदल जाते हैं और यही तारों का जीवन समाप्त